हेलो जी स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में आज की वीडियो में हम चलेंगे आपने इंडिया के चिड़ियाघर तो बहुत देखे होंगे आज हम आपको लेकर जा रहे हैं विदेशी चिड़ियाघर में तो चलिए चलते हैं तो टिकट हमने ले ली है और हम बार्सिलोना के जो चिड़ियाघर चिड़ियाघिर उसमें एंट्री कर चुके हैं तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है ये यहाँ का मैप है तो इस टाइम हम यहाँ पर हमने एंट्री यहाँ पे की हुई है और देखते हैं पहले इस पार्ट में जाते हैं और यहाँ पर पहले ये पार्ट कवर कर लेते हैं तो देखते हैं फिलहाल मेरा तो विचार है कि पहले हम इस पार्ट को कवर कर लें और बाद में फिर ये का एरिया आएगा जो भी है इस, इस इसको बाद में हम कवर करते हैं तो चलते चलते हमें देखने को मिले तो ये अभी छोटे बच्चे हैं अभी इतने बड़े नहीं हुए लेकिन आपस में खेल कूद रहे हैं Do how to make you see? This is nothing like but real life. It might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't. तो जैसे आपने देखा कि हम चिड़ियाघर में एंट्र हो चुके हैं तो मैं आज अपनी वाइफ के साथ आया हूं, तो मैं अपनी वाइफ से मिलाता हूं। हाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं चिड़ियाघर जा के चिड़ियाघर लेकर जा रहा हूं आपको तो अभी आगे आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फ्रेंड्स को शेयर करें तो आगे हम देख रहे हैं तो ये ये देखिए हिरन है। जो भी बच्चे हैं अभी छोटे छोटे इतने बड़े नहीं हैं। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर है सिम्बा सिम्बा लेकिन वो वहाँ पे सो रहा है लेकिन यहाँ से घूमते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे वो सो रहा है तो ये चलिए सिम्बा को देखने चलते हैं तो जिन के नाम को हम ढूंढ रहे थे ऊपर वो हमें मिले यहाँ पर तो ये चलते चलते हम आगे देख जा रहे हैं तो हमें कुछ ये किरणों की प्रजातियाँ जो ना वो देखने को मिली हैं तो अभी आगे बहुत सारा कुछ देखने को बाकी है तो वीडियो में बने रहें और आगे चलते क्या क्या देखने को और मिल रहा है can't see if you right here next to me something strong wasn't it fun is it now we're done you get dressed i'm look like a mess and you tell me to confess and you tell me to confess oh We can run. The fact phasing light see it all right you will never ride right. back to life i couldn't twice too soon to say i'm fine too soon to say i'm fine oh i don't know what to say what to do how to make you see you this is not think you feel left in my chest a vein and bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're pretending like okay now tending to be my savior. Nothing you do can save us. Save us. C'est journal, toi. C'est toi. I can't see if you're right here next to me. Something's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स को शेयर करें देखने के लिए तो बहुत कुछ था लेकिन अभी मेंटेनेंस चल रही है ना तो जैसे कि हम शेर को नहीं देख पाए और जागवार था देखने के लिए और चीते थे लेकिन सभी वो मैंने साइड में कर रखी थी कि यहाँ पर का काम चल रहा है नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय हाउ आई नो व्हाट टू से व्हाट टू डू हाउ टू मेक यू सी दिस इज नॉट द थिंग यू फील लाइफ इन माय चेस्ट अ बैड ड्रीम यू कैन हाइड यू कैन हाइड बट यू कैन